एक बात बाना हूं सहादरी ध्यान लग सब हम एकदरी होने सागर में दो करतो गाजतो करते करते घना थोड़ा दिन होया घना थोड़ा दिन होया बिन्ने बंदूड़ी खोटे माते जो भैया गम गई भैया गमी जना सद्रणी कहो के सी साहब आ तो घ नहीं आवो, आ थारा बेरा बगीचा करो मारे गए भैयों गम गई तो कह भैं गम गई तो कह देखो के टेम लाग करते करते महन भर बीत गई माइन तो जना, सादरों मारे गम मने जना।, जना, तो क्या। जना ने मारे की के को तो तो जाओ कोनी सादरी रे रे रे करना ओ मई बीतना पगे पगड़ गो जे भैस देश अन्व जन बो आप रे सौधरी को निकलियो निकल घेरु गो फेरते फेरते देन गयो। देन गयो और और में गिरी गयो, गयो जन कहो के भाई रात पड़गी मार के रात बासो रेण रात बासो रेनो सा। तो कैसा तो सौधरी ने बो आपरे के भाई हंस जीस करना रखियो आप सेवा साखरी घर में ही हि जड़की किनी साफ पानी वस्त्र दिना किन के बीजा कर नरिया करिया बीजा कर नरिया सौधरी के यो सदुर दी सदुरी सदुर के यो के सदधरी साफ ऐसा ओ घी तो भैया थोरी भैया तोने कड़ो थोरी भैया कहू के नखसो घी में घी में नखसो वो मती वी साहेब वो मती घी मार के थारी बैं रो, नारी बैं रो के बैंक नहीं क्या हमने तो के अब न्याव ने। तो दू गणी करवाइ दू रन हो कहो बे सौदरी रो बीघ दू बीघी से सेठी री एक बाहर बाहर के, के भाई तो के न्यावी, तो न्यावी, न्यावी न्याव मुह सम तो कदे पई मे हणिया उमड़िया को मुआ तो के थाई ज्ञान समय टोकड़े जन तो के ठीक तो है तो भी के। तो बे, बेत, बेत भी बर, के भाई बे तो तो के, यो के, भाई के न्यावी गिरी है थारे बा पिताजी ये कौन है के न्यावी तो गिरी कौन को न्यावी तो गिरी तो बैठा है, है, है तो कर दी तो के न्यावी तो है भाई। तो तो तो न्यावी न्याा है भाई पापो ने इन बेर आवाज बताई मुह समझ न आ जमान मोटियार जमान लड़की है इन बताई के ऑधा है दो बात बते बात तो कौन तरह ज्ञान के आद करी बानी करे करी ने कने ज्ञान सौधरी गिरी है तो गिर बेटा कदमे जनों भाई ठीक है तो ने आ तीन जनों बताई तीन बात के ने आ के जो सोमा करा न ने ने के मी तो थोड़े तीन जनियोन बुझियो मे तीन बात बताई अके थोड़े भाई तो के मारे ए गोरिये उे के घी घी मारी मारे ठीक है थारो न्याव करो तो न्या करो न्याव पहला करो मने तीन बात नेरी नैरी कर बताई तीन जनियो तो तीन बात कौन बताई तो के भाई बन डोल के हमी गाड़े में उभी गये बहरा बाज खूटे बाहर खूंटे बिन जोड़ी के भाई न्यावी न्याय बताई तो जन तो बा तो हसी है बाहर है एक तो आकी एक दू बो तो वहां बेह रहे जो समय नतल खाता इो के अलग रूम घर पर अलग अलग है भाई के तो भाई क्या के भाई मारे के पिताजी तो आंदा आंदा की करो जाके तो तो, तो सही है जमाने बी वा कर्मेलिए है ना पन्ना पढ़ना ही कोई तो तीजूरी के, के, के, के।, तो के बात नशा पानी करे के, जो हसी है के न तो तो तो बैठा ही इसके चलो चलो के के के, भाई हमें आज तो ना हमें समय समय कर, जनो क्या बंटोड़ू क्या दुई आप घरे अमे जाऊ चलो एक बकरो मरियो तो बकरे बाजरी बाजरी बक बाजरी बकरे ने लाल कर बकरो मर खाल पेट कार कार परीन बेन दो दो नी का बेन दिया धो दी धो फरी खीस रोन वे आया जनो प के के के के भाई भाई ने, ने के तो है। के के जो को इन्हों न्याव इन्हों पड़े तो को पड़े जनों दूह आया चौधरी दू आया घरे आया रमसम कि आदम होने के बेर ने कवड़ी हो तो आप टप देखो खीस परो न पर झीणो आगड़ो राधी परो न आप जीम्या जीमया जेना बुझियो भाई बाई कि कड़ो खीसो तो खीर तो के के जीम जीम नहीं तो के तो पेट ताई जानू हगड़ो भरी सौधरी ने की ने बिन ने, ने तो के भाई थू चौधरी तो के सौधरी साहब थाने में बात को तो तो हगड़ो पुगन आती बकर लीधरी के बकरे दीदरी के मां तो तो में बकरे आई दीदरी के ये के भाई इन सादरी री है जो थारे थूं जितरी भाईरी रेटे दिखा दी एन ओ हसो है खोदन दिखा दी नी करे न्याओ करड़ो न्या वे पढ़े जो न्याओ वेह नहीं तो कूड़ न्याव, वे, न्याव, वे न्याव थोड़ी वेह